देखिए हर खबर यहीं पर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टुडे इंडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एडिशन रायपुर जिला अदालत में कोल कारोबार में जो घोटाले हुए हैं छत्तीसगढ़ में उसके तमाम आरोपियों को इस वक्त पेश किया गया है अदालत में सुनवाई जारी है और अदालत के आउटसाइड बाहर पे जो आरोपी हैं उनके सेम्पेथाइजर्स हैं उनके रिलेटिव हैं दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं अपने साथियों के बारे में आइए उनसे जानते हैं सर आपका क्या नाम है वैसे आपके जो साथी अंदर हुए हैं सब अपने लोग हैं वर्कर है काम करते हैं क्या हो गया सर? पता नहीं ईडी ने क्या किया हम तो नहीं जानते हम तो नीचे आदमी हैं। आपके आदमी ने क्या किया हाँ। अभी देखो कोर्ट क्या फैसला देती है क्या बोल सकते सुनिए आपके व्यक्तियों ने क्या किया है क्यों उनको लाया गया हमारे हमको पता ही नहीं है कुछ सर आपका नाम मैं सत्यव्रत सिंह सिं सिंह कि, किस लिए लाए हैं आपके दोस्तों को यहाँ नहीं हमारी जानकारी में नहीं है क्या कारण है कैसा है लाया गया है ठीक है आपके साथ ही हम हाँ, साथ ही ठीक है भाई साहब आपके मेरी जानकारी में नहीं है आप किसके लिए आए हैं हम जस्ट किसी के साथ आए हैं बैठे हुए हैं आप मैं इसके साथ आए अच्छा मैं नहीं जानता सब एक दूसरे के साथ आए हुए हैं दरअसल कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि उनके साथी जो हैं इस वक्त रायपुर सेंट्रल जेल में सैर कर रहे हैं करप्शन के मामलों को लेकर कैमरामैन साजिद के साथ सुनील नामदेव